अरे डर नहीं लगता लड़ाई झगड़ों से दूसरे लोगों की तरह टाइम नहीं है हमारे पास लड़ाई झगड़ों का और बेटा तुझे लगता है कि हम कमज़ोर हैं और बेटा तुझे लगता है कि हम कमज़ोर हैं तो कभी आकर देखना हमारी महफिल में